साथियों नमस्कार मैं आशीष वत्स आपके हृदय में विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु को शीर झुकाकर प्रणाम करता हूं आज हमारी चर्चा का विषय है कि व्यवसाय में सफलता या संघर्ष के ज्योतिषीय योग क्या क्या हैं इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो दर्शकों आज के समय में जहां अपने व्यवसाय और करियर को लेकर के अधिकांश युवा किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स को करने के बाद एक अच्छे जॉब की इच्छा रखते हैं वहीं बहुत से लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार करने में ही रुचि रखते हैं ये अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है और किसी ना किसी बिजनेस में ही वो लोग अपने करियर बनाने को जो है आतुर रहते हैं उनकी पहली पसंद होती है वही कुछ लोग अपने बिजनेस में सफल हो पाते हैं तो वहीं बहुत से लोगों को लंबे समय तक संघर्ष करने पर भी कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है और उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया धन भी बेकार चला जाता है या यूं कहें तो डूब जाता है वास्तव में किसी व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं ये हमारी जन्मकुंडली में बने कुछ विशेष ग्रह योगों पर निर्भर करते हैं तो दर्शकों आइए जानते हैं कि बिजनेस और व्यापार में सफलता मिलने के लिए आपकी जन्म कुंडली में वो कौन कौन से ग्रह योग सहायक होते हैं तो सबसे पहले तो दर्शकों हम बात करेंगे कि हमारी कुंडली का जो दशम भाव होता है ये हमारी आजीविका या करियर को नियंत्रित करता है व्यक्ति की आजीविका किस स्तर की होगी ये कुंडली के दशम भाव और दसमेश की स्थिति पर निर्भर करता है परंतु जब हम अपनी आजीविका को भी विशेषता व्यापार के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर कुंडली के सप्तम स्थान सेवेंथ हाउस का और एकादश यानी कि इलेवेंथ हाउस का जो भाव होता है और उनके स्वामी की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस पर विचार किया जाता है एक और जन्म कुंडली का सातवां भाव स्वतंत्र व्यवसाय और ग्यारहवा भाव लाभ या आय का कारक होता है अतः करियर में भी विशेष रूप से केवल व्यापार में सफलता मिलना या ना मिलना कुंडली के सातवें भाव पर और ग्यारहवें भाव की स्थिति पर निर्भर करता है बिजनेस क्या करेंगे इनकम क्या होगी सातवां और ग्यारहवा भाव बताएगा बिजनेस में सफलता के लिए सप्तम और एकादश भाव और इनके स्वामियों का अच्छी स्थिति में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है इसके अतिरिक्त व्यापार का जो नैसर्गिक नियंत्रित कारक ग्रह है इसको बुद्ध को माना जाता है क्योंकि बुद्ध वारी है अतः व्यापार में सफलता और अच्छे व्यापारी गुणों के लिए आपकी कुंडली में मरकरी बुद्ध का बलवान होना बहुत आवश्यक है अतः बिजनेस में सफलता के लिए सप्तम भाव एकादश भाव और बुद्ध इन तीनों घटकों की अच्छी स्थिति में होना परम आवश्यक है व्यापार में सफलता और अच्छी उन्नति के लिए जो घटक सर्वाधिक महत्व रखते हैं वो कुंडली का लाभ स्थान अर्थात ग्यारहवा भाव क्योंकि मान लीजिए आप बिजनेस ही कर लें और पैसा ही ना आए तो बेकार है तो बिजनेस में किए गए इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न कैसा मिलेगा या लाभ कैसा मिलेगा ये लाभ स्थान या लाभेश की शक्ति पर निर्भर करता है अतः एक बिजनेस की कुंडली में लाभ स्थान और लाभेश का बलि होना व्यापार की सफलता को ये बिल्कुल निश्चित करता है अब जैसे मानिए आपकी जन्म कुंडली में व्यवसाय में सफलता के उत्तम योग क्या क्या हैं? इस पर एक देखिए दृष्टि डाल लेते हैं तो यदि सप्तमेश आप ध्यान से सुनिएगा हमारे जो है एस्ट्रोलॉजी टर्म्स को यदि सप्तमेश सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि हो तो बिजनेस में सफलता बिल्कुल मिलती ही मिलती है दूसरा क्या है सप्तमेश स्व या उच्च राशि में होकर या शुभ भाव केंद्र त्रिकोण आदि में हो तो बिजनेस के अच्छे योग होते हैं तीसरा क्या है यदि लाभेश लाभ स्थान में स्थित हो तो व्यापार में अच्छी सफलता मिलती ही मिलती है लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि हो तब भी व्यापार में सफलता मिल जाती है यदि लाभेश मतलब एकादश स्थान यदि लाभेश दसम भाव में और लाभ स्थान में हो तो ये एक अच्छा व्यापारिक योग के साथ साथ नौकरी में भी शुभ माना जाता है छठे नंबर पर व्यापार और नौकरी में उन्नति और सफलता दिलाता ही दिलाता है यदि धनेश यानी कुंडली का दूसरा भाव और लाभेश यानी कुंडली का एकादश स्थान का योग शुभ स्थान पर बन रहा हो धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो तो व्यापार और नौकरी में बहुत अच्छी सफलता मिलती है ऐसा जातक बहुत ऊंचे स्तर पर अपने व्यापार को स्थापित करता है यदि किसी व्यक्ति की सवाष्टक वर्ग कुंडली के ग्यारहवें भाव में बारहवें भाव से अधिक बिंदु हो तो व्यापार के लिए अच्छा योग होता है ग्यारहवें भाव में बारहवें भाव से जितने अधिक बिंदु होंगे उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा यह बिल्कुल तय है बिल्कुल फैक्ट है अगला सप्तमेश यदि मित्र राशि में शुभ भाव में स्थित है त्रिक भाव में ना हो तो बिजनेस में जाने के बहुत अच्छे योग बनते हैं यदि सप्तमेश और दसमेश का राशि परिवर्तन हो अर्थात सप्तमेश दसम भाव में और दसमेश सप्तम भाव में हो तो भी बिजनेस में आपको अच्छी सफलता मिलती है सप्तमेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन भी बिजनेस में अपार सफलता दिलवाता है बुद्ध स्वाग्रही या उच्च राशि स्वाग्रही मतलब मिथुन उच्च मतलब कन्या राशि में है और शुभ भावों में हो तो बिजनेस में जाने के अच्छे योग होते हैं बुद्ध यदि शुभ स्थान जैसे केंद्र त्रिकोण में मित्र राशि में हो और सप्तम भाव सप्तमेश अच्छी स्थिति में हो तो बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता मिलती ही मिलती है जन्म कुंडली का लाभ स्थान मतलब ग्यारहवा भाव जितना अधिक बलि होगा बिजनेस में उतनी अच्छी आर्थिक उन्नति आपकी होगी सप्तमेश और लाभेश का राशि परिवर्तन भी अच्छा व्यापारिक योग देता है व्यवसाय में संघर्ष कब और कैसे होता है ये इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं और वो कौन कौन से योग हैं जो कि व्यापार में आपके लिए बाधक हैं तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यदि लाभेश ग्यारहवे भाव का स्वामी पाप भाव या त्रिक भाव मतलब छ आठ बारह भाव बोलते हैं में हो तो ऐसे में बिजनेस में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है और किए गए इन्वेस्ट का पूरा पूरा लाभ जातक को प्राप्त नहीं होता है दूसरा क्या है लाभेश यदि अपनी नीच राशि में हो तो बिजनेस में आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे लेकिन यदि उनका नीच भंग होगा तो परिणाम मिलेंगे कुंडली के एकादश भाव में किसी पाप योग मतलब जैसे ग्रहण हो गया गुरुचंडाल योग हो गया कब बनना भी बिजनेस में संघर्ष उत्पन्न करके सफलता की आपको अवरोध करता है कम करता है जन्म कुंडली में सप्तमेश का पाप भाव या नीच राशि में होना भी बिजनेस के क्षेत्र में संघर्ष दिलाता है यदि आपकी जन्म कुंडली में बुद्ध नीच राशिगत हो मतलब मीन राशि में हो या पाप भाव में हो या शत्रुओं के साथ हो तो ऐसे में जो है आप अपने निर्णय गलत करते हैं बिजनेस में और ये कराए बिजनेस को आप लोग चौपट कर देंगे उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी देखिये दोस्तों शुक्र धन प्राप्ति और रिटर्न का कारक ग्रह माना जाता है स्वरता का कारक ग्रह माना जाता है यदि कुंडली में शुक्र अति पीड़ित स्थिति में हो तो बिजनेस में सामान्य स्तर से व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाएगा अतः जन्म कुंडली में एकादश भाव सप्तम भाव और बुद्ध का कमजोर होना बिजनेस की सफलता में बाधा उत्पन्न कराता है अतः कुंडली में लाभ स्थान सप्तम भाव और बुद्ध यदि अति पीड़ित या कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति को बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए नौकरी की ओर ट्राई करना चाहिए कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति जहाँ व्यापार में सफलता या संघर्ष को निश्चित करती है वहीं व्यापार का नैसर्गिक कारक बुद्ध यदि व्यक्ति में व्यापार करने के गुणों को देकर व्यापार की सफलता को सुनिश्चित कराता है वहीं लाभ स्थान व्यापार में होने वाले लाभ के स्तर को तय करता है अतः यदि ये सभी घटक जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को बिजनेस में अच्छी सफलता प्राप्त होती है बड़े स्तर का बिजनेसमैन होता है और किस वस्तु या क्षेत्र से संबंधित बिजनेस किया जाए ये व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली के मजबूत ग्रह नक्षत्र सितारों पर निर्भर करता है किस व्यक्ति को व्यापार किस क्षेत्र में करना चाहिए या किस वस्तु से संबंधित व्यापार करना चाहिए ये व्यक्ति की कुंडली के बली ग्रहों पर निर्भर करता है अतः यदि आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराने के इच्छुक हैं तथा तो आप लोग भी जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित आप बिजनेस व्यापार या नौकरी करें तो हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके आपको अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं आपके नौकरी व्यापार में चल रही जो भी दिक्कत है इसको दूर कर सकते हैं क्योंकि आपके जन्म के समय में आकाश में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ क्या थी ये तो व्यक्ति की कुंडली देख करके ही पता चल पाएगा और उसी के अनुसार आपको उसका उचित उपाय बताया जाएगा दिया जाएगा तो दर्शकों देरी किस बात की फटाफट आप लोग जल्दी से संपर्क कर सकते हैं तो दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा रोजगार और व्यापार पर आधारित ये वीडियो पसंद आया होगा इसके सूत्र आपको अच्छे लगे होंगे आशा व विश्वास बनाए रखने के लिए हम पर और प्यार व आशीर्वाद से ऐसे ही हमें अभि करते रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को पसंद रूपी प्यार मतलब लाइक रूपी और प्यार देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए व ज्ञानवर्धक विषय के साथ तब तक के लिए दीजिए अपने जोत सी को इजाजत सादा प्रणाम